आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी साथ गुजरी वो मुलाकात याद आएगी कि आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी साथ गुजरी वो मुलाकात याद आएगी पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा आपका कि पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा आपका जब आपको मेरी कोई बात याद आएगी